ये दिन मेरा तेरे तेरे मेरा जुड़ जुड़ गए को, सजना को। like you. Yeah. तेरे जुड़ गए दौर दौर को सजना को सजना सजना दिन पीता अंजलि आंसल मैनु गीता कानपुरा आने जैसी शान सरकार अंजलि दी दे आई साल बीच जितनी था इंडियन स्टार तूने जब मुझ को में लिया औ पिछले दिन कोने जीता दे दे जितनी हम